हेलो वैल्क नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लो कैसे सब लोग तो आज की वीडियो में मैं आपको मेरे हेयर इतने फास्ट किस तरीके से ग्रो हुआ है मैं आज आपको दिखाने वाली हूं सो फर्स्ट मैथड है हॉट ऑयल मसाजिंग सो इसको हमको चाहिए कोकोनट ऑयल मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ बस आपके हेयर के हिसाब से वन कप ले सकते हो जैसा मैं मेरे हेयर के हिसाब से मैं ले रही हूँ वन कप कोकोनट ऑल

तो दूसरा इंग्रेडिएंट है कि फ़ेनीग्रू सीड्स यानी कि मेथी दाना सो तो इसको हम लोग थोड़ी सी क्रश करके लेनी है और ऑयल में डालनी है जैसा कि कोकोनट ऑयल में सो तो इस ऑयल को स्टोव पर रख के हीट करनी है जैसा कि फेनीग्र्यू मेथी दाना के सारे गुड प्रॉपर्टीज़ हमको ऑयल में आ जाए

ऐसा ही जस्ट फाइव टू सेवन मिनट्स हीट करनी है ऐसे बॉइल करनी है और आपके ऑयल के कलर थोड़ी सी चेंज हो जाएगा और इस ऑइल को हमको लेनी है कि फ़िल्टर करके लेनी है फ़िल्टर करके एक बाउल में ट्रांसफ़र करनी है ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी से वम ऑयल आपके स्कैल पर अप्लाई करनी है

सो so, इसके बाद वॉम ऑयल अप्लाई करनी है थोड़ी सी गर्मा गर्मा अप्लाई करनी है और अप्लाई करने की मेथड इन्वर्शन मेथड है जैसे कि नॉर्मल अप्लाई करने से आपके हेयर ग्रोथ नहीं होगा आपको आपके हेयर अपसाइड डाउन डालनी है अपसाइड डाउन डाल के आपके स्कैल पर ऑयल धीरे धीरे अच्छी तरीके से लगा के मसाज करनी है इस तरीके से करने से आपके सेल्स

प्रोमोट होगा और आपके हेयर ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा और सुपर फास्ट होगा जैसा मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको फाइव टू टेन मिनट्स मसाज करनी है इस ऑयल को आपके स्कैल्प पर और इसको वन आवर ऐसे ही छोड़नी है आप बंद बन सकते हो इस तरीके से वन आवर ऐसे ही छोड़ के उसके बाद शैम्पू करनी है

और मेरे बेबी को भी मैं अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हो बेबीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो कोई हार्म नहीं है तो तीसरा पॉइंट ये है कि सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि uh, मसाजिंग कोम आपको अमेजान से मिल जाएगा मैं भी वहीं से ही परचेस करके हूँ और इसको किस तरीके से यूज़ करनी है जैसा हम लोग ऑयल लगाए हैं अपसाइड डाउन इस तरीके से आपको शाम्पू भी करनी है अपसाइड डाउन से

क्यों इस तरीके से शैम्पू करनी है क्योंकि नॉर्मल से शैम्पू करने से आपको हेयर रफ हो जाएगा और हेयर ग्रोथ नहीं होगा जैसा आप अपसाइड डाउन डालते हैं इस मेथड तो आपके हेयर ग्रोथ तो बहुत ही फास्ट होगा इस हेयर मसाजिंग कोम से आपके हेयर ग्रोथ और आपके स्कैल्प क्लीन हो जाएगा जैसा कि नो डट सो यही है मेरे हेयर के सीक्रेट हेयर ग्रोथ के सीक्रेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग

वीडियो पसंद हुआ तो लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना सब्सक्राइब ज़रूर करना थैंक यू सो मच बाय बाय